सप्तमी को होता है आंवला नहीं खाना चाहिए अष्टमी तिथि को क्या है तो अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में मना ही है नक्षत्र जो रहेगा ये रहेगा मूल नक्षत्र इसके उपरांत पूर्वा साढ़ा नक्षत्र रहेगा करड़ रहेगा बड़ी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 तो आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा वैवाहिक जीवन में आज आपकी खुशियाँ दुगनी होगी आज आपको अचानक से कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी आज आप पूरे दिन नई ऊर्जा से भरे रहेंगे बिजनेस के किसी काम में कुछ जानकार लोगों से आज आपको मदद मिलती हुई नजर आएगी जो लोग कॉस्मेटिक चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है अगर महिलाएँ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं तो आपकी बिक्री में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी शाम को बड़े बुजुर्ग बुजुर्गों के साथ आपका जो है बैठना होगा शास्त्रों पर चर्चा होगी क्योंकि नवरात्र चल भी रहा है तो इस सब धर्म चर्चा होगी धार्मिक आयोजन हो सकता है घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं आज आपके घर पर किसी मेहमान का आगमन संभव है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन पीपल के वृक्ष पर आप लोग जड़ करिए शनि जो है देव का जो स्रोत होता है दशरथ वृत्ति के शनि स्रोत का पाठ आपको करना है और दुर्गा जी के 32 नामों को भी आपको जपना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आज आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा